तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम थ्री एक्स नूडल्स बनाने वाले हैं तो भाई थ्री एक्स ये देख लीजिए ये हम नूडल्स बनाएंगे और इन्हें आज इन नूडल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं चैलेंज लेते हैं कि, हैं कि देखते हैं कितना ये तीखा लगता है और कौन खा पाता है कौन नहीं खा पाता है तो वैसे तो हम लोग मैगी का चैलेंज कर चुके हैं लेकिन वो तो हम लोग आराम से खा गए देखते हैं आज थ्री स्पाइसी ये नूडल्स खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं तो कौन खा पाएगा हम तो खा लेंगे हम खा लेंगे देख लीजिए आज इसी के साथ में हम वीडियो का चैलेंज लेने वाले हैं जो ये नूडल्स है ये जोलो चिप के तरीके माना जाता है मतलब कि 3x समझ लो आप खुद ही समझ लो 3x लिखा हुआ है यानी कि जोलो चिप जितना कड़वा है या उससे थोड़ा कम हो सकता है लेकिन थ्री एक्स स्पाइसी है ज़रूर तो देखते हैं कितना स्पाइसी है और कितना नहीं है क्योंकि हम लोग जो लोग जब खा चुके हैं मतलब मैं खा चुका हूं सचिन भाई खा चुका है अभी इन दोनों ने नहीं खा इसे बनाते हैं और मिलते हैं आपको तो इस चैलेंज में जो भी हारेगा ना इस खेत का एक चक्कर लगाना होगा और देखते हैं किसके हिस्से में आती है पनिशमेंट दोस्तों अभी पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है अब हमारे नूडल्स इसमें पड़ चुके हैं और देखते हैं हमारे नूडल्स पके कि नहीं पके बिल्कुल पक चुके हैं यार यार बिल्कुल पक चुके हैं अब इनको निकाला जाए उसमें अपना वाला क्या कहते हैं? मसाला मसाला। डाला जाए थ्री एक्स स्पाइसी इसमें मसाला मिलाते हैं और लेते हैं चैलेंज तो अभी हमारे भाई नूडल्स पक चुके हैं और ये रहे कुलदीप भाई के पास मसाले और ये मिलाने वाला है इसमें मसाले आने के बाद में भाई कितना कितना तीखा लगता है, है, तो है, है। ले तो तो रही हमारे, नूडल। ये हमारे नूडल्स ये रहे, रहे। नूडल्स हमारे। तो दो, दो दो पत्ते खाने हैं कौन खा पाता है तो देखते हैं दो din Then... आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। क्या भाई अहें नहीं, नहीं मिल रही है आगा। आगा। पानी। आगा। भाई भाव मुझसे तो खाई ही नहीं भाई मेरे देखो दोनों दोनों सफेद हो गए हैं इस कंपटीशन को मैं जीतता हूँ बाहर जो ये हार चुका है भाई ये मैंने एक खा, खा लिया इसने एक भी अभी नहीं खा पाया और ये भाई सबसे तो, अब मैं भी नहीं खाऊंगा खा ही नहीं मिल रहा है सचिन नहीं हम नहीं भाई मैं दूसरा चला आपका चलाता <laughs> दूसरा बता रहा अभी पहला तो खत्म नहीं किया तो भाई हमारे दो लोग काफी तेज निकले बंदे ये लोग खाए जा रहे खाए जा रहे हैं मैं खा नहीं पा रहा था सचिन भी भाई नहीं खा पा रहा था वैसे मैंने पहले खा लिया है सचिन से यानी लास्ट में सचिन हारा इसे आज दौड़ाने वाले हैं ग्राउंड में पहले तो चैलेंज को पूरा करते हैं ये देख लीजिए। वो जो सचिन बैठा हुआ है वो नहीं खा पा रहा है ये लोग अच्छे से तगड़ी वाली कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को अब इनमें से देखते हैं कौन पहले खा पाता है <laughs> क्या बात है इन लोगों की तगड़ी कंपटीशन यार हमने सोचा था खाते लेकिन खा ही नहीं मिल रही थी यार इन लोगों की दांत देनी पड़ेगी भाई गया फेस दिखाओ पना -पना। अपना अपना अपना अपना फेस दिखाओ मैं भाई पानी लाओ पानी दो इसको जल्दी से पानी लाओ कैसा है है है बहुत अच्छा अच्छा चलो भाई भाई को को लग लग रहा लग रहा मेरे को मेरी बुआ याद आ रही है <laughs> <इसकी दुआ> <laughs> क्या मजाक कर रहा है यार ये देख लीजिए खा खा के इसने दुनिया इके कर लिए हैं ये देखिए मैंने खाए तीनों दुनिया ये मैं पानी लग नहीं पीऊंगा ये भाई तगड़ा वाला है इसे जोलो चिप खिलाते हैं अगले चैलेंज में देखते हैं फिर वैसे थ्री एक्स एक स्पाइसी थी या नहीं थ्री एक्स नहीं फोर एक्स एक स्पाइसी थी ये भाई दौड़ने वाला है अभी चल के नहीं दौड़ियो दौड़ दौड़ जल्दी से उधर से घूम के आना अबे कहाँ से घूम रहा है ये अभी इसको देख लो कहाँ से घूम रहा है इसे पूरा राउंड लगाना था ये आप पिछली बार जब फस, अगली बार फंसेगा तो इसे पता चलेगा ये देख लीजिए पहुँच गया वहाँ पे यार थोड़ा सा ही राउंड लगाया लेकिन अगली बार से हम फसेंगे फिर कायदे ऐसी तो कैसा लगा दौड़ कर बहुत बढ़िया लगा मुझे तो ज्यादा अच्छा लगा हाँ तो ये देख लीजिए हमारे यहाँ का सनसेट होने जा रहा है भाई जय हिंद जय भारत